हरे कृष्णा तो सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवदगीता क्लास में हम शुरू करते हैंचरण करते हैं ओम अज्ञानी ज्ञान शाक चक्षुर ये न तस्म श्री गुरु नम श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थापित ये नूतले स्वयं रूप कदम ददाती स्वदाधिक वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरून वैष्णवाशाग्र जा सहग रघुनातांग तम सजीव साधुवेद सावधतम परजन सहित कृष्ण श्रीराधा दीव श्रीराधपर ललिता श्री विशाकांशाश हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गो कांता राधा कांता नमस्ते सप्तकांशना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभते देवी प्रणमामि प्रणमा हरी प्रियकूश कृपासींधुभ्य पति पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्री अद्वैत श्रीअद्वगदाधर श्रीवासा गौरवभक्त वृंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम, हरे राम आराम, आराम, आराम, हरे रामा राम राम हरे हरे रामाय राम भद्रा रामचंद्रा वेदसे रघुनाथय सीतया पते नमः नमो पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदाता स्वामीनामे नमस्ते सारे गौरवादी प्रचारिड़े विशेषातारि ओके हरे कृष्णा ठीक है तो हम शुरू करते हैं अनिल प्रभु यहीं आ जाओ ना यहीं है क्या तो यहीं आ जाओ ना घर पे नहीं में नहीं में अच्छा इसमें नहीं है दूसरे में ठीक है कोई बात नहीं फिर तो श्लोक छोटा है आज का पहला हम की चर्चा करेंगे उसके बाद फिर कुछ एकादशी की चर्चा करेंगे ठीक है किसी को पूछना हो तो पूछ सकता है जितना मुझे पता है उतना मैं बता दूंगा ठीक है क्योंकि कल का दिन बहुत इंपोर्टेंट है क्यों क्योंकि एक साल का जो इंतजार होता है कि मैं कृष्ण राधा के पास में रहू उपवास मतलब बिल्कुल फास में तो वो कल का दिन और कल के दिन जो अपनी यथाशक्ति दिखाना चाहे दिखा सकता है जब में दिखा सकता है हेरिंग में रीडिंग में सब काम छोड़ दो कल सारे शारीरिक चीजें त्याग दो कुछ नहीं है बस बैठ के भजन कीर्तन नाम जप श्रवण हेयरिंग बस ये सब करना है और हाँ लेकिन ठाकुर जी के लिए बढ़िया पकवान बनाने पहले उनको खिला देना है ठीक है उसके बाद नित्य होके लग जाए ओके ठीक है तो पहले हम श्लोक उच्चारण करते हैं सतया श्रद्धयाुक्त राी लभते चता काम विता तथा कामान ठीक है बिल्कुल इजी है भगवान एक छोटी सी चीज बता रहे हैं श्लोक में कह रहे हैं कि सतया श्रद्धाया युक्ता पीछे श्लोक में जो बताइए ना कि मैं श्रद्धा को स्थित कर देता हूँ मान लो कोई देव इच्छा करता है मैं देवता की पूजा करूँ तो उसकी श्रद्धा को स्थित कर देते हैं तो उस श्रद्धा से युक्त होके कौन जो व्यक्ति जो देवता की उपासना कर रहा है उस श्रद्धा से युक्त होके क्या करता है वो देवता की उपासना करता है जो भगवान ने श्रद्धा स्थित कर दी उस श्रद्धा को लेके अब वो उस देवता की उपासना करता है फिर कह रहे हैं अस्याराधना नीहते। तो उसकी कामनाओं की इच्छा जो उसकी कामना है तो उसकी जो कामनाओं की इच्छा पूरी हो जाती है कामनाओं की इच्छा मान लो पहले उसने इच्छा करी भगवान ने स्थित कर दिया अब वो देवता के पास गया कुछ कामना लेके मुझे पुत्र मिल जाए मुझे घर मिल जाए पैसा मिल जाए तो वो कामना उसकी पूरी हो जाती है देवता उसकी कामना को पूरी कर देते हैं पर हमें समझना ही चाहिए तो कह रहे लबते चत्रा, लबते चत्रा मतलब जो लाभ है वो उसकी कामना पूरी रहती है तथा कामान्य समझना चाहिए वो इच्छा मेरे द्वारा ही पूरी होती है तो खाली हमको बस ये समझना है कि वो जो फल मांग रहा था वो फल उसको मिल गया लेकिन वो फल दिया किसने देवता ने दिया है वो फल कृष्ण ने दिया उसको वो फल भगवान के द्वारा दिया गया है फिर कह रहे हैं समझना चाहिए वो इच्छा जो भी इच्छा लेके गएता वो इच्छा पूरी करने के लिए मैं पूरी मतलब भगवान पूरी करते हैं उस इच्छा को ना कि देवता लेकिन वो व्यक्ति समझता है कि ये मेरी इच्छा देवता पूरी कर रहा है तो श्लोक समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं श्लोक अच्छा में करते है तो पूरी करते है। हाँ देवता इच्छा पूरी कर रहा है।, है इसलिए भगवान क्षणिक फल देते हैं उसको क्योंकि वो क्या सोच रहा है मन में ये फल देवता दे रहा है इसी के वजह से भगवान क्षणिक फल देता है अगर वो ये सोचे की नहीं ये फल मुझे भगवान के द्वारा ही मिल रहा है भगवान ही दे रहे हैं ये तो निमित्त है तो फिर शाश्वत फल मिलेगा उसी का भले वो देवता के पास जा रहा है पर फल शाश्वती मिलेगा तो भगवान के पास जाएगा भगवान के पास जाएगा लेकिन वो ये जानता है समझ रहा है कि एक्चुअली इंद्र मान लो मान लो इंद्र के पास ना कर रहा है या घर में कोई करवा रहा है कैसे भी लेकिन वो क्या सोच के कर रहा है इसलिए नहीं कर रहा कर रहा हूँ वो ये सोच कर रहा है भगवान के हाथ है मैं भगवान को दे रहा हूँ बस तो फिर जो फल मिलेगा भगवान के क्योंकि उसने सोचा क्या भगवान को कर रहा हूँ मैं भगवान को दे रहा हूँ तो भगवान तो शाश्वती देंगे ना लेकिन वो ये सोच रहा है कि देवता मुझे दे रहा है तो भगवान फिर देवता के थ्रू आएगा तो क्षणिक फल आएगा मतलब जितना किया उतना मिलेगा लेगी, ये लेगी। तो ये, तो ये तो देवी देवता भी, में भी नहीं आ रही ये अलग ही है देवी देवताओं में मतलब इंद्र वरुण ब्रह्मा शिव मतलब ये सब मिला के बड़े बड़े वो देवता है ये तो अपने कुल के हो गए देवी देवता कुल के मतलब जो जैसे जो जिनकी डेथ हो गई है वो बन गई है देवी कुल माता मतलब ऐसा करके ये है मतलब ये क्योंकि सिर्फ दुर्गा तक आती है देवी देवताओं में ये फिर नीचे की विभूतियाँ आती है छोटी मोटी मतलब विभूति में आती है छोटी मोटी वो भी देवताओं में उसमें नहीं आते कैटेगरी में नहीं।, नहीं आते तो इसलिए ये तो अपना जो परिवार से जो रीत चली आ रही है पूजा देने की वो अलग हो गई बाकी ये देवताओं की बात हो रही ठीक है।, है तो श्रद्धा भगवान ने दी ठीक है और उस श्रद्धा से युक्त तो होके उसने आराधना की और जो फल प्राप्त हुआ वो किसने दिया भगवान ने बस इतना ही समझ में ठीक है क्या समझ समझा पूजा की। किसने पूजा की करी। करी तो ऐसे कोई अकस्मा कर देगा क्या फल के लिए पूजा तो तो पहले इच्छा आई ना तो स्टार्टिंग से बताओ ना बीच में से आ, बता आ, तो इच्छा आई तो इच्छा को किसने किया ठीक है करो इच्छा को स्थापित किसने की स्थित किसने शुरू से बताओ ना तुम बीच में से उठा के बता रहे हो लास्ट में तो वो व्यक्ति था उसने पूजा करी इच्छा ने, फिर मिल हाँ। कर गया उसको। हाँ। की करे, और से करता है जो तो व्यक्ति इंद्र को भगवान का हाथ समझेगा वो इंद्र की नहीं भगवान पूजा करेगा हाँ मतलब भगवान की ही पूजा होगी ना एक तरीके ऐसी क्योंकि हाथ पैर समझ रहे मान लो की अब मेरा हाथ है अब मेरे हाथ में रसगुल्ला है अब हाथ सोचे मैं पेट को खिखलाऊ मैं खाऊंगा यही बेवकूफी है और हाथ का मैं त्याग देता हूँ तू भी बेवकूफी है तो पेट में तो नहीं गया ना हमारा मेन क्या है पेट में जाए यही ना दोनों का कार्य तो अगर वो देवताओं को ये समझ रहा है कि तो भगवान के निमित्त है एक्चुअली में भगवान को ही दे रहा हूँ तो उसकी फिर माइंड वही है और फिर जो ये सोचेगा मान लो इनकेस कोई को जो सोचेगा भगवान को पास चला जाएगा ना लेकिन मान लो कुछ लोग हैं जो शुरू से करते आए पता नहीं था लेकिन अब उन्हें समझ में आ गया ना एक्चुअली देवता भी भगवान देते हैं तो फिर मैं भगवान को समझ के दूंगा ना मैं भले ही इंद्र को दे रहा हूँ पर भगवान को समझ के दे रहा हूँ तो फिर वो श्रद्धा हो गई ना उस तरीके से तो हमारा ये है ना कि हमारे दिमाग में जो बैठ गया जो बैठा नहीं तो ये कैसे हो गया ये ऐसे नहीं होना चाहिए ठीक है ऐसे होता है ना दिमाग पहले हम जो भी सुनते हैं पहले दिमाग वेरीफाई करता है ना हाँ सही है ना बैठ गया हाँ ठीक है और नहीं बैठा तो फिर वो क्वेश्चन आ जाएगा इसलिए क्वेश्चन आता है कि दिमाग में बैठा नहीं ठीक है तो अब ये बताओ आप जब ये कोई सुन लेगा तो कोई देवता की पूजा करेगा फिर सुन लिया ना कि तो देवता हाँ दे रहे हैं मैं तो भगवान दे रहे हैं मैं डायरेक्ट भगवान पर आ जाऊंगा ना लेकिन ये इतना रहस्यमय है कि लोग इसे सुन भी नहीं पाते और लोगों को पता भी नहीं है इसलिए देवताओं के पीछे भागते रहते हैं और देवता के छड़े फल दे देते हैं वो खुश हो जाते हैं तो ये रहस्य पता नहीं होता तो लोग लगे रहते देवताओं में अगर व्यक्ति देवताओं की उपासना कर रहा है ये समझ के कि मैं विष्णु के अंग को दे रहा हूँ विष्णु के अंग को दे रहा हूँ तो फिर उसे जो फल मिलता है वो शाश्वत फल मिलता है ठीक है ये बता रहे हैं ओके हम टेक्स्ट पढ़ते हैं छोटा सही नहीं आया धन्य नहीं है ओके टेक्स्ट ऐसी श्रद्धा से समान्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा ही मेरे द्वारा प्रदत्त हैं समझ में आया अब इसमें कोई बोले इच्छा की पूर्ति करता है तो देवता अब ये क्वेश्चन उठेगा देवता क्या इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं क्या देवताओं में इतना दम है कि किसी की इच्छा की पूर्ति कर सके क्योंकि देवता किसी की भी इच्छा को पूरी कर नहीं सकते उनके पास दम ही नहीं है ताकत नहीं है इतनी क्षमता नहीं है इच्छा पूर्ति करते हैं भगवान वही करते हैं जैसे कि जैसे बताते हैं यानी किसी देवता के पास आप गए ठीक है आप गए पहाड़ों पे गए यहाँ देवता की पूजा करी वहां करी पहाड़ों पे गए तीर्थ स्थान किए तीर्थ स्थल भूमि सब कुछ किया गए और आपकी चपूरी हो गई तो वो भी कृष्ण ही पूरी कर रहे हैं वो देवता पूरी नहीं कर रहा है देवता तो एक निमित्त है जैसे कि भगवान ने दिया देवता कहा देवता ने दे दिया उसको देवता ने क्या किया कुछ नहीं किया लेकिन भाई ये कि देवता को नियुक्त किया है तो देवता भी खुश हो जाता है चलो मेरे पास आया तो कृष्ण बोलते हैं कि ये शक्ति एक्चुअली ना देवताओं से बोलते हैं ये मेरी शक्ति है तो मेरी शक्ति से दे पा रहे हो कोई बात नहीं आज वो तुम्हारे पास आ रहा है कल मेरे पास भी आएगा क्योंकि वो जब देवता के पास आ गया तो धीरे दिर धीरे मेरे पास भी आएगा और एक दिन वो भगवान के पास भी आएगा तो जो भी हमारी इच्छा देवी देवताओं से इच्छा पूरी होती है तो वो फुलफिल कृष्ण ही करते हैं उसको पूरा कृष्ण ही करते हैं देते हैं अब देखो सारा कुछ तो भगवान ही कर रहे हैं इच्छा करी इच्छा फिर भी करी इच्छा को स्थापित भगवान ने किया फिर वो इस इच्छा को स्थित होके अपनी श्रद्धा को स्थित करके देवता के पास गया फिर कुछ मांगा देवता ने दे दिया सब कुछ तो भगवान ही कर रहे हैं ठीक है तो ये समझेगा अगर कोई देवता देता है और देवता की तो हाँ अगर कोई देवता मानो कि इसे देता है लेकिन देवता की उत्पत्ति कहा से हुई देवता आया कहा से हाँ भगवान से आया ना जाहिर बात है भगवान से और भगवान से और देवता देता कहां से मुझसे देता है तो अब बताते तो की कर रहा है, पर वो ये सोच इंद्री दे रहा है मतलग, देवता दे रहा, मतलग, इंद्र की कर रहा है, तो फिर उसे क्या फल मिलेगा क्षणित फल मिलेगा छड़ फल मतलब क्या देंगे क्षणित फल देंगे जितना उसने तपस्या की जितना उसने पूजा करी उसके हिसाब से अनुसार दे देंगे अगर वो ये सोच लेता की नहीं एक्चुअली फल तो भगवान ही देते हैं ये श्रद्धा है और ये भगवान के हाथी है अंगी हैं तो भगवान के द्वारा ही दिया जा रहा है अगर वो ये सोच लेता है अंदर से फिर भले ही इंद्र का कर रहा है लेकिन सोच उसने ये लिया है सोच उसके अंदर ही है तो फिर शाश्वत फल मिलेगा इसको ये भगवान बता रहे हैं और भगवान स्वीकार करते हैं शाश्वत फल नहीं देते क्योंकि उसने भगवान को स्वीकार नहीं किया तो जो कोई भगवान को स्वीकार नहीं कर रहा है सिर्फ ये जानता है कि इंद्री है तो फिर भगवान शाश्वत फल नहीं देते क्यों नहीं देते क्योंकि भगवान को स्वीकार नहीं कर रहा भगवान को स्वीकार कर लेगा तो शाश्वत फल मिलेगा तात्पर्य देवतागण परमेश्वर की अनुमति के बिना अपने भक्त को वर नहीं दे सकते है ना देवतागण भगवान की अनुमति के बिना अपने भक्त को वर नहीं दे सकते जीव भले यह भूल जाए कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है किंतु देवता इसे नहीं भूलते अतः देवताओं की पूजा तथा वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं अपनी उनके माध्यम से भगवान के कारण होती है अल्प जीव इसे नहीं मानते अत वे वश देवताओं के पास जाते हैं किंतु शुद्ध भक्त आवश्यकता पड़ने पर परमेश्वर से नहीं परमेश्वर से ही याचना करता है परंतु वर मांगना शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं है तो यहाँ पे ये बताना है जैसे शुद्ध भक्त जो होता है जो एकदम शुद्ध भक्त है कदाचित अगर कोई विपत्ति आ गई उससे या कोई दुख आ गया कष्ट आ गया तो वो भगवान के पास ही जाता मांगे मान लो कि कभी पैसे की दिक्कत आ गई ज्यादा पैसा चाहिए या कुछ और प्रॉब्लम आ गई तो शुद्ध भक्त है कथा कहते वो जाएगा भी तो भगवान के पास ही जाएगा किसी और के पास नहीं जाएगा तो जब वो भगवान के पास जाते तो भगवान उसको अच्छा मानते हैं जैसे भगवान ने बताया ना फिर उदार उदार है वो तो अच्छा मानते हैं लेकिन अगर वो भगवान को छोड़ के मतलब शुद्ध भक्त है लेकिन विपत्ति आई तो किसी देवता के पास चला गया तो फिर भगवान उस उसके मतलब ये भगवान मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते उसको तो दोष मानते हैं इसमें क्योंकि अगर वहां पास आ रहा है तो कोई दोष नहीं है मान लो कि तुम तो भक्ति कर रहे हो तुम मांग रहे हो ये कहे तो सकाम भक्ति हो गई भगवान तो दोष नहीं देखते उसमें क्योंकि मेरे पास ही आ रहा है ना किसके पास जाएगा कि सब कुछ ठिकाना यही है मारे तो ये जिंदा रखे तो ये सब कुछ ही कर रहे तो हम परेशान होगी तो किसके पास जाएंगे भगवान पास ही जाएंगे ना तो उसमें वो गुस्सा क्यों होंगे लेकिन हम किसी और के पास जाएंगे तो उसमें दोष है ठीक है जीव सामान्यता देवताओं के पास इसलिए जाता है क्योंकि वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पगलाया रहता है चाहिए चाहिए चाहिए चाहिए क्यों जाते हैं क्यों इसकी पूजा कर रहे हैं क्यों उस देवता की पकड़ा रहता है जल्दी से जल्दी इच्छा पूरी हो जाए एकदम है ना पकड़ा नहीं जाते ही किसी -किसी लेना, लेना, तो लेना ही है, कुछ भी हो जाए जैसे उसमें बता रहे थे ना ब्रह्मचारी भी था उसे ऐसा मतलब होश चढ़ी मतलब कहीं से पैसे वो लेके उस पर लेके किसी से महीने देता रहूंगा लॉन्च टाइम में और फोन दिया और फोन ले कराया फोन ले लिया कुछ मतलब फोन की जरूरत भी नहीं थी किसी नाम गाड़। हाँ, गाड़ था जो भी था मतलब उसने लिया जैसे ब्रह्मचारी गार्ड था कोई भी था मतलब तो इस तरीके से इच्छा जब तक तो पूरी ना हो जाए तो पगलाया जाता कि कम मेरी इच्छा पूरी होगी तो ऐसे ही भौतिकतावादी लोग हैं जो पगलाए जाते हैं तो इच्छा के लिए ऐसा तब होता है जब जीव अनुचित कामना करता है जैसे स्वयं भगवान पूरा नहीं करते अच्छा भगवान क्यों पूरा नहीं करते आप जैसे एग्जाम्पल ले लो हिरण्य का शुक्र क्या क्या पगला गया था क्या चाहिए था उसको अमरता अमरता का वरदान चाहिए था ब्रह्मा कह रहे हैं अरे हम खुद ही अमर नहीं है तुम्हें तो कैसे अमर बना दो और वो पगला गया था अमरता के लिए मतलब इतना पगला गया था कि एक उस पर खड़े होकर डीमक पूरी लग गई इतना कठोर तपस्या कर रहा था तो भगवान कह रहे हैं कि भगवान ऐसी याचनाओं को अनुमति मतलब ऐसी कामनाओं को पूरा नहीं करते भगवान क्यों नहीं पूरा करते भगवान देखो भगवान और देवता में फर्क है भगवान के कोई पास जाता है तो भगवान चाहते हैं इसका हित हो इसका नाश ना हो इसका कोई नुकसान ना हो अगर मान लो को ये वर मांग मैं अमर होना चाहता हूं तो वो बाद में बदमाशी करेगा और मारा जाएगा मतलब अमर तो हो ही नहीं सकता जैसी बात है मान लो कि भगवान के पास जाए विष्णु मुझे ना ऐसा वर दे दीजिए कि मैं किसी पे हाथ रखू वो भस्म हो जाए ये सब देवताओं के पास जा सकते है ना भगवान के पास नहीं जा सकते भगवान ऐसी इच्छा को पूर्ति नहीं करते कामनाओं की पूर्ति नहीं करते क्योंकि भगवान हमारे हितकारी है हित करते हैं और हित करते रहेंगे और विष्णु से किसी ने मांगा तो विष्णु ना किसी ने मांगा हो कि मुझे अमृता का वरदान दे दो ये कोई इच्छा करियो इच्छा करके देवता के पास ही जाते हैं क्योंकि भगवान विष्णु के पास नहीं जाते जैसे किसमें बता रहे हैं रावण था दस मैं ये हो जाए मैं बहुत सारा कुछ तो जगत में तो ये लोग क्यों मांगते हैं देवताओं से जगत में कैसे श्रेष्ठ भोगी बन जाएंगे कैसे भोगू मैं जगत को भून जाऊं तो ये प्रार्थना करते हैं और भगवान से ये प्रार्थना वो कर नहीं सकते विष्णु से तो इसलिए देवताओं से प्रार्थना करते हैं तो भगवान ऐसी प्रार्थना कभी पूरी नहीं करते क्योंकि वो नहीं चाहते कि मेरे उपासक का नाश हो जाए कोई भगवान की पूजा कर रहा उपासक है वो इसलिए ऐसी प्रार्थना स्वीकार नहीं करते भगवान क्योंकि उसका नाश होगा ना। अगर वो ऐसा मांगेगा तो मारा जाएगा श्रावण ने मारा मांगा तो मारा गया ना हिरण्यश्यू ने मांगा ब्रह्मा से तुम्हारा तो गया ना बड़ा दिमाग लगा रहा था ब्रह्मा जी कह रहे दिमाग लगा मेरे पास दिमाग नहीं जबकि ब्रह्मा बुद्धि के बने हुए हैं दिमाग खराब किसने करा था पर्वत मुनि और नरद मुनि ने नहीं? क्या बोलते थे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये कहा से आ गए आगे तो जिसका मैं जो मेरा शत्रु है जिसको मैं मारने के लिए कर रहा हूँ उसी का नाम ले रहा है ये अट मैं नहीं करूंगा का नाम उसके हृदय में प्रवेश कर तो इसलिए लोग जाते नहीं भगवान के पास क्यों क्योंकि वो प्रार्थना पूरी नहीं करते ना और बाकी लोग प्रार्थना पूरी कर देते मैं भोगू और भगवान क्यों नहीं करते ये भोगेगा तो नाश होगा इसका भगवान जानते हैं तो इसलिए वो देवताओं के पास ही जाता भगवान के पास नहीं अगर कोई भगवान के पास घोर संकल्प से भी आता है मान लो कि मैं ना उसको छोड़ूंगा नहीं मैं भगवान के पास जाऊंगा वो आता भी तो फिर करते करते शुद्ध हो जाता है मतलब जो सोच थी उसकी कि मैं उसको मारने के लिए कुछ शक्तियां हासिल कर लू फिर मारूंगा तो वो सोच ही खत्म जैसे कि ध्रु महाराज गए थे राज्य मांगने रोखड़ा मांगने वो मांगने लेकिन वो सोच ही खत्म हुई भगवान ने क्यों दिया कि लोग बाद में ये ना बोले अरे विष्णु तो ऐसे ये छल कपट करते हैं पहले बेचारा वो गया मांगने बच्चे समझ के उसे फुसला दिया तो कुछ नहीं दिया है ना तो जितना मांगा था उससे भी ज्यादा दिया और साधन भक्ति भी दी ऐसा नहीं कि अब भोगने के बाद फिर जन्म लेना पड़े ना एक शाश्वत धामी है ना उनका भी मतलब बहुत सालों तक है ध्रुव लोग तो कहने का मतलब यह है कि भगवान के पास ही जाना चाहिए चाहे भौतिक इच्छा हो चाहे भौतिक इच्छा ना हो कैसी भी इच्छा हो हमें भगवान के पास ही जानते हैं जो शुद्ध खराब इच्छा होगी तो शुद्ध कर देंगे और सही इच्छा होगी तो पूरी करेंगे क्योंकि वो कभी, क्या, कभी सुना मांगा। मुझे आ, मुझे ना मुक्ति चाहिए या मुझे ना धन चाहिए मुझे ना सुंदरी चाहिए कभी मांगा ये क्या कहते नहीं आप कहीं भी जन्म दो पर बस आपके अतो की भक्ति करनी है मुझे तो कहीं भी जन्म दो कैसी लोग आपके चरणों में आश्रय चाहिए आपकी भक्ति चाहिए तो भक्ति यही मांगता है ठीक है जैसे श्लोक आता है ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कविता वा जगदीश काम है ठीक है पूरा क्या है अहितुकी बग, जैसे आप कोई भगवान के पास आया अब भगवान कहते हैं कि जो ये तीन चीज है ना जन्म धनम सुंदरी ये तो भगवान ऐसे लेके रखते हैं आदमी जैसी मांगो तुरंत दे देंगे तुरंत दे देंगे लेकिन भक्त क्या है कि नहीं धन नहीं चाहिए रोकड़े से नहीं भी कूंगा अच्छा तो क्या चाहिए अच्छा लोग जय जयकार करें मोटी मोटी मालाए पहनाएं ठीक है यूट्यूबर्स फौल, भी अच्छा फिर तो समझ गया फिर तो, तो तुझे सुंदर चाहिए सुंदर ही सुंदर चाहिए बढ़िया सुंदर रूप हो स्टाइलिज चाहे लेडीज चाहे जेंट्स नहीं ये भी नहीं चाहिए कह रहा अच्छा तो फिर तुझे मोक चाहिए तो इस चक्कर में फंसना नहीं चाहता जन्म मृत्यु खत्म चक्र में चाहता चाहता है, तो तो? तो क्या चाहते हैं कह रहे भक्तिर मैं सिर्फ केवल हनुमान की भक्ति ले लो शिव की भक्ति ले लो ब्रह्मा की भक्ति ले लो करो ना तो लोग नहीं भक्ति चाहिए मुझे भक्त ऐसे होते में इसमें कहा पर देवताओं का और भक्ति भगवानी होती आध्यात्मिक होती तो कैसे चल पाई परमेश्वर की भक्ति तथा देवताओं की पूजा समान्य स्तर पर नहीं हो सकती क्योंकि देवताओं की पूजा भौतिक है और परमेश्वर की भक्ति नितान्त आध्यात्मिक है जो जीव, जो जीव भगवा जो जीव भगवत धाम जाने का इच्छुक है उसके मार्ग में भौतिक इच्छाएं बाधक है अतः भगवान के शुद्ध भक्त को वे भौतिक लाभ नहीं प्रदान किए जाते हैं जिनकी कामना अल्पक जीव करते रहते हैं बोलो भक्त को भौतिक लाभ भगवान नहीं देते जिसके लिए जो अल्पक लोग है ना जो देवता पर जा रहे हैं वो लालयत रहते हैं कहना पगलाए पगलाए जाते हैं लेने के लिए और भगवान भग, भगवान भक्तों को देते ही नहीं वो चीज ये पगलाए रहते हैं उसके लिए और भगवान उनको देते भी नहीं उल्टा जिसके कारण वे परमेश्वर की भक्ति ना करके देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं तो अच्छा ठीक है लगे रहते हैं तो लगे रहते हैं तो बताने देखो भगवान भौतिक इच्छा पूर्ण करते हैं करते हैं ऐसी बात नहीं करते हैं पर कौन सी भौतिक इच्छा जो भौतिक इच्छा तुम्हारे भक्ति में बाधा देगी उसको पूरी नहीं करेंगे जो भौतिक इच्छा तुम्हारी तो भक्ति को बढ़ाएगी और वो पूरी करेंगे एक तरीके से ठीक है ऐसी इच्छा पूर्ण नहीं करती जिससे भक्ति में बाधा है ये नहीं लो जिसके सर पर आप रखोगे तो वो भसम हो जाए तो अगर ये इच्छा पूरी कर देंगे भगवान तो फिर तुम्हारी भक्ति में बाधा तो तो जैसे मान लो अगर छोटा बेटा अगर पिता से बोले में ब्लेड चाहिए ठीक है या फिर कोई डेंजरस चीज चाहिए मतलब सुई बसी तो पिता नहीं देगा पता है ना कि लग लु गुजा के हाथ में और वही अगर वो जाएगा दुकान पे पांच रुपए की पांच देगा वो दे देगा वही नहीं देखेगा छोटा है क्या है हाथ कटेगा कटेगा कटे नहीं कटेगा कुछ नहीं देखता तो दुकानदार हो गए देवता जाओगे तुरंत दे देंगे वो ये नहीं देख रहा कि भक्ति बढ़ेगी कि कटेगी कि तुम्हारा नाश होगा हो जो उससे मतलब नहीं और पिता हो गए भगवान की तरह क्योंकि वो वही देते हैं तो इसलिए भौतिक अच्छा भौतिक मांगना इस जहर के बराबर है मतलब अपनी भक्ति नाश करना अपने आप को नाश करना भगवान नहीं देते इसलिए पर देवता दे देते हैं वो हमारे हित के बारे में नहीं सोचते देवता लेकिन भगवान हमारे हितेशी हैं हमारे हित के बारे में सोचते हैं और हमारे हित के लिए करते हैं हितेशी ही हैं कर रहे हैं है? तो श्लोक था तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं कि कल कौन कौन निर्जला एकादशी रख रहा है सब लोग फोटो दिखाइए और हाथ उठाइए हाँ हाँ कर सकते हैं उसमें कर रहे हो तुमसे तो सामने करो ना देखो प्रभु जी आज मैं क्लास सुन रहा था प्रभु जी ने बा, बात बहुत अच्छी बताई थी जो निर्जला रह के कर रहा है भगवान का नाम ले रहा है लेकिन सोच रहा है पानी के बारे में उससे सही वो है जो पानी पीते पीते कृष्ण के बारे में सोच रहा है और जो निर्जला रह के भगवान के बारे में ही सोच रहा है वो फिर उससे अच्छा है जो पानी पी के भगवान के बारे में सोच रहा है तो तुम्हें डिसाइड करना कि पूरे दिन पानी पानी पानी करना है कि कृष्ण कृष्ण करना है पानी की संगे फलों चलेंगे हाँ हाँ अब देखो जब निर्जला की बात आती है ना तो माइंड फल से हट जाता है खाने से पानी पर अट जाता है पानी पीना है कि नहीं फल तो अपने आप ही छूट गए मान लो कि निर्जला का काम का आगे तो जैसे कि बाकी एकादशी में रोटी का खाने का ख्याल आता है फल तो खाओगे खाओगे ना मतलब रोटी का आता है लेकिन इसमें तो फल रोटी दोनों ही खत्म क्योंकि निर्जला है ना तो निर्जला हम सिर्फ पानी का ख्याल करता है जूस वगैरा ले सकते हैं जैसे फल है तो नहीं मतलब पानी की एनर्जी पूरी करनी है तो जूस वगैरा ले लो जूस जूस नहीं जूश जूश नहीं सॉरी वैसे वैसे तो तो तो कुछ कुछ भी नहीं ले ले सकते सकते लेकिन जब नहीं रह पा रहे तो सब अन्न बजे सुबह पाँच बजे जगह सुबह बजे आ, कुछ नहीं पानी पी सकते है बस तो फली होगा हाँ फल पांच बजे फल खाओगे क्या कैसे लगेगा खाने में अरे कैसा नहीं जो प्रशांत तो कुछ भी को छोड़ के वैसे खा सकती है पांच तेईस से पाँच तेईस या पांच पंद्रह तो माला कहाँ से स्टार्ट होगी पांच तेईस तुम चक्कर वो टेलीग्राम में जो भेजी जाती है वो नहीं सुनती ना चक्कर हरे कृष्णा हाँ हरे कृष्णा दागी दागी। जो माला माला की काउंटिंग कब से स्टार्ट होगी सूर्योदय के बाद वो तो पूरे चार बजे से कर रहे तो तो आप... नहीं, नहीं। माला, माला, माला की कोई दिक्कत माला पे फोकस मत करो देखो जैसा प्रभु जी बता रहे थे ना जब चौंसठ माला करनी है तो सोलह माला चार माला की तरह लगती है सोलह तो लगती है ना कुछ चौसठ के आगे सोलह क्या लगेंगे हमें काउंट ऑन करना बस धराधर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कृष्ण के भाव में करते रहना अपने आप हो जाएंगे अगर तुम लगे रहोगे कर। वो तो यही कह रहे हैं कि भैया एक दिन पेट नहीं दर्द नहीं हो सकता रहे। क्या बोल नहीं नहीं? <laughs> बोल बोल रहे, रहे थे, लूज मोशन हो गया ये बोल दो, तो बुलाएगा, <laughs> गर्मी तो चली रही है तो लूज मोशन देख एक दिन मिला है हाँ माला कर सकते छुट्टी करके माला कर लो जितनी कर सकते माला के लिए छुट्टी कर लो जल्द नहीं रह सकते पर माला की कोशिश करेंगे हाँ, माला की कैसे देखो प्यास देखो मैं बता ना एक तरह से वो भी सकता है सुबह जग के पानी पी सकते हैं जितना पीना चाहो पानी पी सकते हैं चार बजे चार बजे पांच बजे तक पांच बजे तक पांच बजे तक पांच बजे तक पानी पी लो उस पर माला कर लो उसके बाद पानी के बारे में इतना सोचो मत एक दिन तो इंसान रह ही सकता है पानी के ठंडे ठंडक उसमें रहो ठीक है ठंडक उसमें रहो अपनी माला करते रहो अपना उससे करते रहो और बता रहे थे रात को किसी को नींद ना आए, नोसा प्यासे तो गमछा लेके ठंडे पानी बिगा कर पेट से बांध लो पेट ठंडा हो जाएगा नींद आ जाएगी पहले बजे, ओह हरे कृष्णा एक मिनट मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर